अरे रुक जा हलकट ये तो भागते ही रह रहा है यार पूरा का पूरा मैप घुमा दे रहा है इसमें कोई बात नहीं इसे तो पहले मतलब मर जा भाई कितनी गोलियां खा रहा है पता नहीं कौन सा कैरेक्टर लगाया इसने पर आप को बहुत ज्यादा दौड़ा दो, रहा है ये पर चलो कोई बात नहीं पड़ेगा तो देखो भूत की तरह से सामने से भाग रहा है पर मर नहीं रहा कितनी मतलब बहुत ज्यादा आप उनकी गोलियां खा चुका है पर आप उनको मारना है मतलब मार आ गया आ गया कोपचे में आखिर कर ये पक्के में कर दिया गायलाइक से is subscribe